ब्लॉक करके सोच रहा है मिस कर रही हो होगी हम तो 2000 की गिरी हुई नोट तक न उठाए तू तो फिर भी चवन्नी था तो क्या फायदा ऐसी रही का मैडम जब तुमको चवन्नी जैसा लगा ब्लॉक करके चल जा रहा